राह से जो गुजरी है मेरी डगर मैं भी आगे बढ़ गया हूं के थोड़ा बेफिकर कहो तो किस से मर कहो तो किसको अरजी दू हस्ता